शिवराज जी आपका प्रदेश की हर महिला हर बच्चे के साथ एक रिश्ता है आपने सबसे नाता तो तो एम्बुलेंस नसीब नहीं हुई और उसके पति को उसे हाथ ठेले पर अस्पताल ले जाना पड़ा वही दूसरी ओर आपके एक भांजे ने अपनी माँ की गोद में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया क्योंकि आपके प्रदेश के सरकारी डॉक्टर साहब के पास उसे देखने का समय नहीं था ये दो तस्वीरें आपके विकास के खोखले दावों की पोल खोल रही हैं। तो तो पहले जरा देखिए इन तस्वीरों को। तो है मुख्यमंत्री जी, जी ये तस्वीरें देखकर आपको अपने विकास का अंदाजा लगा या नहीं खुद को बच्चों का मामा कहने वाले शिवराज जी यह तस्वीरें यह एक मां का बिलाप किसी की भी अंतरात्मा को झकझोरने के लिए काफी है ये मां बार बार कह रही है उठ जा बेटा मगर यह पुकार कोई नहीं सुन रहा जिस सरकारी अस्पताल के बाहर वो बैठी है उस अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है आपके सरकारी बेपरवाह डॉक्टरों की बेपरवाही ने एक पांच साल के बच्चे की जान ले ली इस बच्चे को उल्टी दस्त की शिकायत थी अस्पताल जाकर भी इलाज नहीं मिला और उसकी जान मां की गोद में ही चली गई अब कोई कितनी भी कार्यवाही की बात करे मगर इस मां का बेटा वापस नहीं कर पाएगा ये पूरी खबर जबलपुर के बरगी स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र की है चलूंगे। चलूंगे। चलूंगे। चलूंगे। चलूंगे। अब बात दूसरी तस्वीर की, जिसमें आपकी बहन को डिलीवरी के लिए अस्पताल जाने को एक एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई दमहोह जिले के हटा तहसील में जब आपकी बहन प्रसव पीड़ा से करहा रही थी उसे एम्बुलेंस नहीं मिली महिला के पति को हाथ ठेले पर गर्भवती पत्नी को अस्पताल ले जाना पड़ा रहने आरोग्य केंद्र पहुंचने पर या करीब दो घंटे तक अस्पताल में कोई चिकित्सक नर्स इलाज के लिए नहीं आया मजबूर पति अपनी पत्नी को हटा सिविल अस्पताल ले गया जहां डॉक्टरों ने जांच कर कहा कि हालत ठीक नहीं है महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया केंद्रों पर तैनात स्वास्थ्य अमला मन मर्जी से उपलब्ध होता है ग्रामीणों को ना तो समय पर एम्बुलेंस मिलती है और ना ही केंद्रों पर इलाज मिल पा रहा है आपको बता दें रनहेर निवासी कैलाश अहिरवार की पत्नी काजल अहिरवार को प्रसव पीड़ा होने पर 108 सौ एम्बुलेंस के लिए कॉल किया गया लेकिन दो घंटे तक जब एम्बुलेंस नहीं आई तो सब्जी के ठेले पर पत्नी को लेकर आरोग्य केंद्र जाना उसकी मजबूरी हो गया खैर शिवराज जी अगर सच में आप प्रदेश का भला चाहते हैं तो इन दोनों मामलों में छोटे लोगों पर कार्रवाई करने की जगह आप स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी से सवाल करें कि उनके रहते स्वास्थ्य सुविधाएं दिन पर दिन बिगड़ती क्यों जा रही हैं। है वर्ल्ड ऑफ ऑपरचुनिटीज वर्ल्ड ऑफ इंस्पिशन वी आर एल एन सी टी ग्रुप एवरीज इज प्रोवाइडिंग डिलीवरिंग दैन पावर टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी दिशन कॉल सेवन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन